जवानी जवानी से टकरा गई और जवानी जवानी से टकरा गई आंखों की लड़ी हो मेरी आंख से आंखों की लड़ी हो मेरी आंख से देख कर ये लड़ा